का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीबीआर स्टडी में कई जीत बाकी हैं कई हार बाकी है अभी तो जिंदगी का सार बाकी नई मंजिल के लिए यहां से चले थे एक नई मंजिल के लिए ये तो एक पन्ना है मेरे यार अभी तो पूरी किताब बाकी है नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने परिवार पी स्टडी में आपको पता है कि इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं कक्षा तो, अच्छा, तो बात नहीं करेंगे बेसिक मैथ पढ़ रहे थे सभी कक्षा के लिए सभी बच्चों के लिए है तो सभी आगे उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग बिना रुके बिना टाइम कमाए पार्ट टेन है आपका सीरीज चल रही थी कि मैथ आएगी नहीं बल्कि दौड़ेगी जी हां बिल्कुल दौड़ेगी सिर्फ दौड़ेगी ही नहीं सरपट दौड़ेगी क्लास को पूरा एंड तक देखना अगर मैथ सीखना है तो बीच में छोड़ के मत जाना अगर जाना है तो अभी तुरंत चले जाओ फालतू का डिस्टर्ब नहीं करना भाई ठीक है चलिए क्या पढ़ा था करेंगे आज क्वेश्चन का लेबल उससे थोड़ा है। अगर आपने नाइन पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी ऊपर आई बटन में आप उसे देख लेना नहीं तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उसपे संपर्क करना आपको मिलेगा चलिए तो साथियों जैसा की एक बार हम पहले से पढ़ चुके हैं बोर्ड मास रूल ये ऐसे ही इसकी स्पेलिंग होती है और यहाँ पर इसका हर एक लेटर का अलग अलग मतलब होता है जो कि मैं लिख के तो नहीं बताऊंगा हाँ लेकिन मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ मतलब मतलब लोग आदर भी बोलते हैं जैसे आ, ओ का कंफ्यूजन करता है जैसे कोई अंडर उ है मान लो कोई नंबर या कुछ भी आ, या मान लो स्क्वायर में है या साइन का मतलब ये जोड़ घटाना गुड़ा भाग के अलावा कुछ भी अगर अन्य टर्म दिए गए हैं तो उन्हीं या फिर अदर में लेते हैं अब मतलब ये ब्रेकअट चार प्रकार के होते हैं हो हो हो मतलब क्वेश्चन है? में ये सारे टर्म्स आते हैं चूंकि जो बोर्ड मार्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें ढेर सारे हमें अः मतलब आ, एक प्रकार से बात करें तो कैलकुलेशन एक साथ करने होते हैं जैसे देखो यहाँ पे भाग भी करना है घटाना भी है जोड़ना भी है सब एक साथ होता है तो इसमें एक किया जाता है rule के सिक्वेंस कि सबसे पहले करोगे उसके बाद आप अदर जो भी इसमें दिए गए हैं टर्म्स उनको पकड़ोगे और फिर भाग करोगे और एडिशनल सीरियल से करते हैं चलिए पिछली क्लास अगर आपने देखा तो आप समझ गए होंगे तो भैया यह यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ये है कि इसमें ब्रेकअ तो है दूसरा बात अगर बात करें अदर वाला तो अदर का इसमें कुछ नहीं है ना तो कहीं स्क्वायर है ना कहीं वर्गमूल है ना कहीं साइन कास्ट है कहीं कुछ भी नहीं है यानी वो वाला तो कुछ है नहीं डिवीजन की बात करें तो इसमें डिवीजन वाले पद भी दिए गए हैं तो ठीक है हम ब्रेकअ से शुरू करते हैं सबसे पहले अगर ब्रेकट दिया होता है तो हम सबसे छोटा कोष्टक पहले हल करते हैं तो सबसे छोटा कोष्टक तक हम पहुंचेंगे उसके पहले जो जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे ये देखो यहाँ तक मैंने वैसे उतार लिया जैसे लिखा था इसमें किसी को कोई समस्या होगी तो बता देना बिल्कुल टेंशन मत लेना अब चलो आगे बढ़ते हैं इनको क्या करेंगे भाई साहब बाबू इनको घटा लो तो 12 से छोटा तो और चौबीस से बारह जाएगा तो ये बारह बचेगा ये हम सबको अच्छे से पता है और ये आ, इसमें बड़ा कोष्टक कहीं नहीं था ठीक है यही पेंड देखो बहुत आसान है मेरी सिंपल सा है कितना छोटा हो गया ना एक बार में लेकिन कुछ गलत भी हो रहा है क्या नहीं गलत नहीं हो रहा है बीच में प्लस का साइन था मैंने लगा दिया अब अगली लाइन में ये 1800 डिवाइड बाई देखो ये 10 उसके बाद अब ये कोष्टा खाल होगा आप सभी जानते हैं कि प्लस प्लस दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी ट्वेल्व सिक्स एटीन मतलब बारह छह अठारह हो जाएगा तो भैया हो इसके बीच में 10 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसलिए हम इसमें गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और यह अठारह बन जाएगा इसमें किसी को कोई डाउट है कोई आपत्ति है तो बता देना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना ठीक है आगे बढ़े चलो अब क्या होगा अब क्या होगा भाई साहब ये 1800 सौ डिवाइड बाई देखो अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे गड़बड़ कैसे हो जाएगा आप कहोगे देखो गड़बड़ हो जाएगा गड़बड़ ये हो जाएगा कि अब हम अगर चले बोर्ड रूल में तो ये कहता है पहले डिविजन करोगे फिर मल्टीपल करोगे मतलब भाग पहले करोगे घूड़ाबाद में नहीं तो हमारे लिए तो बड़ा आसान था भाग कर लेते अठार वो सॉरी पूरा कर लेते अठारह का दस में एक सौ अस्सी आ जाता इसको भाग दे देते और बड़ा प्यार से दस आ जाता लेकिन वो गलत हो जाएगा फिर बोर्ड मार्स कर बोले यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा इस तरह से तो हम अप्लाई करेंगे तो पहले इसको भाग करेंगे तो भैया इसको भाग कर लो बबुआ इसको भाग करोगे आप तो कितना आएगा आपको पता है अगर इसको दस से भाग करेंगे हम भाग करके आप लोग देख लो एक बार जरा भाग कर लो तो कितना आएगा हमें लगता है एक आएगा और 180 का 18 में गुड़ा करोगे क्यों बात समझ में आई ये मैंने भाग किया भाई साहब ये अरे ऐसे कर लो ना यार 1800 है इसको 10 से भाग करना है एक एक सुन्ना काट दो 180 आ गया आपको पता है 18 का वर्ग सबको पता है ना कि नहीं पता है हर किसी को पता है मैंने याद करवाया था वर्ग तो 18 का जो वर्ग होता है बच्चा तीन होता है बाबू होता है ना होता है 18 का वर्ग 324 कहने का मतलब 18 का 18 में गुणा किया 324 और ये जीरो उतार लिया इस तरह से आपका आंसर हो गया 3240 लिख लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना अभी क्लास को पूरा देखना जाना नहीं खबरदार अगर चले गए ना गड़बड़ हो जाएगा सब वीडियो को मैं बहुत देर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रोज रोज टाइम दिखाऊँ अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी मेरा मन करता दिखाने का अगर आप लोगों को दिख रहा हो ऐसे बहुत दूर होगा तो देख लो इसमें कितना बज रहा है और ये दिन में नहीं रात में बज रहा है काफी शांति है इस समय माहौल हाँ समझ रहे हो ना बहुत मजा आता रात में जब शांति होती तो लेकिन हाँ अगर उसी उद्देश्य से आप लोग पढ़ो तब तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो सफल हो सके चलो इसको मिटाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं आप सभी इसको छाप लिए होंगे तो मैं ऊपर से मिटाता हूँ अपने गुरुजी की तरह कि नीचे वाले बच्चे लिखते रहे ऊपर का मैंने क्वेश्चन अभी सिर्फ मिटाया है क्वेश्चन नंबर सिकेंड देखो आ, इसको भी लिख लेना आप सभी वन अपॉइंट कुछ लोग सोचेंगे कि जो बोर्ड मास का रोल पीछे पढ़ाया था वही सब है अरे बच्चा वो नहीं है क्वेश्चन सब बदले हैं इसको तुम मत भूलो चलो माइनस का टू माइनस का टू और ये है वन प्लस टू ओके ओकेस्टर लगा के और इनटू का टेन कर दो भाई साहब अब उधर जाया चलो पार्ट टेन बिठा दो इसको बंद कर दो और ये टेन और इसको भी बंद कर दो ये हो गया क्वेश्चन चलो जल्दी से रेडी हो जाओ कितना आएगा फटाफट ट्राई कर लो सभी बच्चे इसको मैं मिटा देता हूँ चलिए जल्दी करिए देखिए जो भी प्रश्न आपके सामने आए एक बार कोशिश जरूर करो कोशिश जरूर करो बिल्कुल हार नहीं मानना ठीक ना जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते और ढूंढ लेना अपनी मंजिल को तुम अंधेरे में क्योंकि जुगनू रोशनी के नहीं फिर, हम लोग ब्रेकट हल करते हैं ब्रेकट में भी से करते हैं जैसे कि पहले सबसे छोटा ब्रेकट अगर छोटा से भी छोटा है रेखा कोष्टक तो सबसे पहले रेखा कोष्टक करते हैं दूसरे नंबर पर छोटा कोष्टक तीसरे पे मझला चौथे पे बड़का कोष्टक चार प्रकार के कोष्टक होते हैं अभी मैंने बनाया था आप उसे समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चा इसमें दिया है बबुआ हमें कौन कौन से कोष्टक दिए हैं छोटका वाला दिया है तो हम छोटका कोष्टक तक आगे बढ़ेंगे ये लो ऐसे माइनस का दो और यहाँ पे ध्यान दो तो दो एक तीन हो जाएगा कितना हो जाएगा तीन और बीच में कुछ नहीं तो गुड़ा का चिन्ह हो जाएगा ये ऐसे हा? और ये दस ठीक है हा इसे ऐसे बंद कर लो बस हो गया अब कोई दिक्कत नहीं ना मैंने क्या किया कुछ समझ में आया हमने सिर्फ इतना किया है जितना अंडरलाइन किया ये मतलब दो को एक में जोड़ दिया बस क्योंकि कहता है जो बोर्ड मास का रूल मैंने वही किया कि बच्चा इसमें काम करना है वो क्या करना है कि जो छोटा कोष्टक था उसके अंदर जो भी हमें हल करना था उसको मैंने कर दिया अब ये मंझला कोष्टक पकड़ेंगे वन अपॉइंट और ये ठीक है इसको पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो बच्चा ये माइनस दो का इसमें गुड़ा करोगे तो माइनस का छह आ जाएगा बबुआ माइनस का इतना हो जाएगा कोष्टक के अंदर वाले में ना लेकिन बाहर से दस है इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है अगर नहीं लगा मतलब गुड़ा का चिन्ह है तो हम ये मानेंगे कि ये माइनस का, का ये बन जाएगा इतना सभी को समझ में आ रहा है इतने में किसी को कोई आफत नहीं हो रही है ना चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है बचवा चलो अब इनका अंदर में बुरा करोगे तो हमें पता है कि 10 चंग साठ हो जाएगा माइनस का 60 इसको छोटा कोष्ठक में मजबूरी में लिख दिया जाएगा क्योंकि अगर चिन्ह माइनस लगा होता तो ऐसा लिखा जाता है नहीं तो एक काम करते हैं कुछ भी नहीं करो इसको जरूरी नहीं कि ऐसे लिखो इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि बोर्ड मास का रूल चल रहा है तो कोष्टक फिर से लगाना ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये माइनस का साठ अब तो कोई दिक्कत नहीं है फाइनल में माइनस का तीस हो जाएगा ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये दो से कटेगा हमें पता है कि जब बच्चा ऐसे होगा ये ऐसे होगा जब ऐसे तो क्या करोगे ये ये नहीं आएगा ये हो गया और माइनस का चीन था इस वजह से माइनस हो गया तो इसे लिख लो छाप लो आप सभी अगर कोई परेशानी है तो बता देना बिल्कुल टेंशन मत लेना और एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ देखो बार बार नहीं बोला जाता है कि क्लास को पूरा देखना भी दो ही सवाल हुआ है आगे चलिए बढ़ते हैं देखो ज्यादा टाइम हम नहीं बिताएंगे चूंकि हमें जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन करवाने हैं और ये वीडियो काफी मुझे लग रहा है लंबा हो चुका भाई तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए नहीं तो आप लोग ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हो तो चलो चलो चलो और ले लो फटाफट क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं इस वजह से टाइम लग सकता है अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट सिक्स प्लस अभी सामने से हट जाऊँगा छाप लेना बच्चा जो हैरान परेशान है सिक्सटीन माइनस एंड डिवाइड बाई दो का घाट दो और प्लस दो ठीक है ये टू है याद रखना और ये बंद हो गया और ये माइनस का दो ठीक है ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे खुद से ट्राई करोगे बच्चे माइनस छः इसका आंसर आएगा ओके अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल टेंशन मत लेना बता देना मुझे अगला क्वेश्चन लिख लो नाइनटी सिक्स डिवाइड बाई ट चलो फटाफट नोट करते चलो ट्वेल्व आ, इसको सब हल करना देखो ये मत सोचो कि हम कहाँ से लिख रहे हैं कैसे ला रहे हैं बस आपको समझ में आए आप अभ्यास करो क्वेश्चन बनाने से बनते हैं अपने से नहीं बनते हैं और अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बना देते हैं क्लास में वो क्वेश्चन बड़े कठिन हो जाते हैं इसका आंसर आएगा 148 फोर्टी चलो जल्दी से करो सभी बच्चे फटाफट और बताना मुझे हर लोगे ना आ, देखो सामने से जो थोड़ा सा इधर आ, कट हो रहा है मैं उसको भी दिखा देता हूँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना बस देखते रहना ओके? चलो ठीक है आ, सब कुछ अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है भाई हो गया तो आप लोग इनको ट्राई करना आज का हमारा जो टॉपिक है वो सब क्लियर है सामने आपको दिख रहा है टू डेज टॉपिक ये हिंदी में लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहे आप हिंदी बोलते हो या इंग्लिश बोलते हो इंग्लिश मुझे भी बहुत अच्छी नहीं आती लेकिन मैं ऐसी बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगी चलो हिंदी तो बहुत बेहतर बताऊंगा देसी भाषा में अवधि चलो आज क्या पढ़ेंगे डिजिट डिजिट मींस अंक आपने डिजिटल इंडिया सुना होगा अभी बात करते हैं सबके बारे में नंबर क्लासिफिकेशन आप नंबर का मतलब संख्याओं का वर्गीकरण यानी संख्याएँ कितनी प्रकार की होती हैं जैसे कुछ मैंने नमूने के तौर पर यहाँ पर पेश किया है नेचुरल नंबर होल नंबर नंबर नंबर नंबर नंबर नंबर प्राइम कंपोजिट अरे बहुत सारी नंबर हैं सब का आएगा नंबर बस देखते रहो देखो अगर हम आपसे पूछे कि डिजिट क्या होता है वाट इज डिजिट तो भैया अगर गणित तो पढ़ना है तो अंक के बारे में तो जानना ही होगा जैसे कहते हैं ना कि समुद्र में रहिए और पानी से परहेज करिए तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है तो मैथ अगर शुरू करना है तो अंक के बारे में जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देखिए जो हम लिखते पढ़ते हैं वही क्या है अंक है हम इसको पहचानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं मतलब अगर आपसे कहीं कोई पूछ ले कि अंक क्या है तो आप उनको ये लिख के तो दिखा दोगे नमूना लेकिन आप उन्हें समझाओगे कैसे आखिर अंक है क्या देखिए इसको कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है और अपने अपने अकॉर्डिंग वैसे तो किसी परीक्षा में मुझे नहीं लगता कि इसकी परिभाषा पूछी जाएगी लेकिन हाँ आपको मालूम होना चाहिए तो इसे अपने अपने आधार पे आप लोग इसे डिफाइन कर सकते हो इसकी डेफिनेशन दे सकते हो जैसे कि हमारे अकॉर्डिंग जो भी हमें जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिख लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगा लिखिए अ डिजिट इज अ सिंबल लिख रहे हैं जो लोग ध्यान दें फिर से मैं बोल रहा हूँ अ डिजिट इज अ सिंगल सिंबल अब कहोगे भैया ये सिंगल सिम्बल क्या है Use to make numeral. बड़ा अजीब सा बात है चलो लिखो डिजिट इज अंगल सिंबल सिंगल और ये सिंबल बोल रहा हूं सिंबल सिंबल मतलब वो जैसे किसी चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं ना समझ रहे हो संकेत एक प्रकार से ठीक है डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यू टू मेक नुमेरल यूज टू मेक नुमेरल ठीक है लिख लो आप सभी यूज टू मेक नुमेरल मतलब number, या फिर number लिख लो यूज टू मेक नंबर ठीक है एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखो नीचे तक तो लिख लो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आर द डिजिट आर दिन डिजिट ओके आर द टेन डिजिट हो गया जिनको नहीं समझ में आएगा वो बताएंगे देखो इसको हिंदी में कैसे लिखोगे अटिजिट इज सिंगल सिंबल तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि जो अंक एक ऐसा सिंबल है अंक एक ऐसा संकेत है जिसको हम संख्याओं को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं जो शुद्ध भाषा में लिखना चाहे हिंदी में लिख ले अंक एक ऐसा संकेत है जिसको हम संख्याएं लिखने में प्रयोग करते हैं बस ये एक प्रकार से सिंबल है जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स uh, में बहुत चीज़ों का सिंबल होता है उसी सिंबल से ही काम बन जाता है जैसे पाई ये पाई का सिंबल होता है हाँ जो लोग मैथ वगैरह के अलावा साइंस भी पढ़े हैं कैपिटल जी इस्माल जी इसका मतलब जानते होंगे वो लोग है ना जानते हो ना ये सब जानते हो ना क्या बोलते हैं इसको ये तो ये सभी क्या है? एक प्रकार से विशेष रूप से सिम्बल हैं जैसे अगर पी स्टडी की बात करें तो बिना पी स्टडी लिखे इसका लोगों जो है वो भी क्या एक सिंबल है है ना मतलब वहाँ से भी पहचान होती है तो ये हो गया डिजिट हाँ, इसमें थोड़ा सा और भी लिखवाना था क्या बस वही था आर दिन और भी आगे अच्छे से लिखवा दें क्या एक एग्जांपल दूसरा लिख लो और भी कुछ क्लियर कर लो एग्जांपल अगला लिख लो एक देखो लिखो दुमेर दुमेरल देखो मैं हिंदी में भी बता दूंगा आप टें मत लेना ये थोड़ा सा सबके समझ में आता है थोड़ा स्टैंडर्ड अगर इंग्लिश भी होती तो इस वजह से हमारी कोशिश है कि थोड़ा सा चेंजिंग हो, ठीक है? थ्री डिजिट इज मेड ऑफ थ्री डिजिट वन कमा फाइव कमा थ्री इसको हिंदी में कैसे लिखोगे देखो हिंदी में ऐसे लिख लो हिंदी में ऐसे लिख लो संख्या संख्या एक संख्या एक तीन अंक तो सॉरी तीन अंकों संख्या एक तीन अंकों वन का मा फाइव का से मिलकर बनी है से मिलकर बनी है बस हो गया मतलब समझ गए कि जो संख्या है भैया 153 से बनी है। जैसे अगर मैंने 247 लिखा तो ये क्या है यही होता है नहीं इसको ऐसे भी समझ लो मोटा मोटा और भी एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में वर्ड और लेटर हम सभी जानते हैं कि छब्बीस लेटर होता है इंग्लिश में जैसे ए बी सी डॉट डाट डॉट जेड तक होता है ना बच्चा तो ये सभी एक एक लेटर होते हैं लेकिन अगर हमें काउ लिखना है तो क्या होता है काउ लिखना होता है हमें तो एक से अधिक लेटर का यूज होता है तो ऐसे जान लो आप जैसे मान लो लेटर में क्या क्या है सी है ओ है डब्लू है तो उसी तरह से इसमें जैसे वन है टू है फाइव है तो ये फाइनल में 125 बन जाता है दोनों में अंतर समझ में आ गया ना जैसे लेटर में हम एक एक लेटर मिला करके तो एक वर्ड बनाते हैं उसी तरह से संख्याओं में हम एक एक अंक मिला करके क्या करते हैं एक एक डिजिट मिला करके एक संख्या तैयार करते हैं बात समझ में आई ना तो ये अकेले कभी एक वर्ड नहीं कहलाएगा कि सी एक अकेला वर्ड है और वन एक अकेली संख्या है हाँ लोग पराया बोलते हैं कि वन भी एक संख्या है दो भी एक संख्या है वो अलग बात है बोलने को लोग कुछ भी बोलते हैं लेकिन रियल में यही है कि जो ये डिजिट माने जाते हैं अंक होते हैं अकेले अगर एक से अधिक है तो आप उनको संख्या बोल सकते हो मतलब दस के आ, हाँ दस से शुरू हो जाता संख्या लेकिन उसके पहले जो होते हैं सभी डिजिट होते हैं अंक होते हैं इसके बाद अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से संख्या क्या होती है तो भैया संख्या की बहुत सारी परिभाषाएं हैं बहुत सारा सिस्टम है इसका भी समझ लो आ, संख्या क्या है देखो इसकी ढेर देख सारी परिभाषा है विकिपीडिया के अकॉर्डिंग जो हमें नॉलेज मिली हु मैं आपको बता रहा हूं कि संख्या एक गणतीय वस्तु है संख्या एक गणतीय वस्तु है जिसका जिसका उपयोग गणना गणना, माप माप व लेबल संख्या एक वस्तु है क्या है वस्तु है जिसका उपयोग गणना माप और लेबल में किया जाता है इसको ऐसे समझ लो गणना जैसे आपने देखा होगा भारत की जनगणना हुई थी 2018 में तो गणना का मतलब भाई गिना गया था कि कितने लोग हैं अपने देश में और कितने नए लोग आ रहे हैं धरती पे उनकी अभी काउंटिंग नहीं हुई दस साल हो गया शायद है ना तो गणना में यूज किया गया माप माप का मतलब जैसे दूध अगर है तो दूध अगर मान लो एक बाल्टी में रखा है तो उसको नापा जाता है कि भैया कितना लीटर है ये तीन लीटर है आठ लीटर है दस लीटर है ये क्या हो गया उसका माप हो गया उसमें भी संख्या का यूज हुआ बाकी लेबल लेबल में भी बहुत सारी चीजें होती जैसे आप देखते हो ठंडी में पारा गिर जाता है गर्मी में बढ़ जाता है उसमें भी एक प्रकार से मापी की जाती है और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें आप लोग नापते हैं जो यही सब क्या होता है ये संख्या की परिभाषा हो गई बाकी इसको इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी समझ लें और नंबर लिखना पड़ेगा लिखो आप लोग इंग्लिश में जो लोग लिखना चाहें देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा जो बच्चे कर्नाटक से है उड़ीसा से है पंजाब से है या फिर कहीं अन्य राज्य से है जहां पर हिंदी बहुत अच्छी नहीं बोली जाती है उनके लिए समस्या होती है अगर हम शुद्ध हिंदी में लिखते हैं तो वो काफी परेशान होते हैं देखिए A number is an arithmetic value. A number is an arithmetic भाई ये ऐसे आर्थमेटिक वैल्यू ओके number is एन यहाँ पे n लिखना a एन -N, n arithmetic value used for used for representing रिप्रजेंटिंग द क्वांटिटी एंड used in making यूज इन मेकिंग कैलकुलेशन मतलब आपको कुछ समझ में आया एक बार फिर से सुन लो अंबर इज एन अर्थमेटिक वैल्यूज अंबर इज एन अर्थमेटिक वैल्यू यूज फॉर यूज फॉर representing रिप्रेजेंटिंग द quantity. क्वान्टिटी मतलब होता मात्रा जैसे अभी मैंने आपको बताया ना लीटर दूध पांच लीटर दूध दो किलो आलू आठ किलो चावल ये मतलब क्या एक मात्रा ठीक है एंड यूजन कैलकुलेशन में भी नंबर, संख्या का यूज किया जाता है आप कुछ भी जोड़ना घटाना करते हो ऐसे कुछ भी करते हो उसमें भी क्या होता है नंबर का यूज होता है होता है कि नहीं ये हिंदी इंग्लिश की दोनों की अलग अलग तरह से परिभाषाएं हो गई क्लासीफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं के प्रकार के बारे में संख्याएं कितनी प्रकार की होती है जहां से छूटा था उसके आगे बढ़ेंगे देखिए साथियों एक्चुअली जो संख्याएं होती हैं वो होती तो कई प्रकार की हैं लेकिन हम यहाँ पर जो हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश यूज होती हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं जितनी हमें जरूरत होती है आप लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर इंग्लिश वाले लिख लें हिंदी में लिख लीजिए संख्याओं संख्याओं का वर्गीकरण या फिर प्रकार वर्गीकरण लिख लो आप लोग देखिए हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट नंबर के बारे में बात करेंगे अगर इनको हम सिंपल और बिल्कुल बेसिक तरीके से वर्गीकरण करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो जो हमारे यूज का है मेन मेन क्योंकि टाइम बहुत कम है मैं वही पढ़ना है तो साथियों नंबर एक इसमें फर्स्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे आप लिख लो नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चा प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या आखिर यह प्राकृतिक संख्या कौन से पक्षी का नाम है भाई नेचुरल वर्ड सुनकर के आपके दिमाग में कुछ पेड़ पौधा नदी पहाड़ पर्वत गड्ढा गुड्डा कुछ याद आया हा? मतलब जो प्रकृति ने बनाया है अब देखो यहाँ पे समझो नेचुरल नंबर एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि वो नंबर जिसको इंसानों ने नहीं बनाया मतलब आसमान से गिरी फिर कहाँ से आई ये नेचुरल है आप सभी ने सुना होगा कि शून्य की खोज भारत के द्वारा की गई थी है ना जानते हो जानमेंट करके बताना देखिए हम बात करने वाले हैं किसके बारे में अब नेचुरल नंबर के बारे में तो ऐसे ही समझ लो वो, वो संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं गिनती की संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं ये भी आप लिख सकते हो ठीक है कि गिनती की संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं जिनको हम गिन सकें अब कहोगे फिर हम गिन किस नहीं सकते हैं देखो बच्चा जैसे अगर मैंने कहा पांच तो आप पांच को गिन सकते हो अगर मैंने दो कहा तो आप दो को गिन सकते हो एक को आप गिन सकते हो अगर मैंने एक मार्कर लिया मैं बोलूं कितना है तो आप गिन के बता दोगे एक है अगर मैं दो ले लूं तो आप बता दोगे कि नहीं ये दो ही है झूठ मत बोलो दो है और अगर मैंने एक हाथ में एक और उठा लिया तो कहोगे ये तो गड़बड़ हो रहा है सब बढ़ रहा है कि एक तीन हो गया आप मतलब आप गिन ले रहे हो ना अगर मैं बोलूँ कि मेरे हाथ में माइनस पाँच मार्कर है अब तुमको कुछ दिख रहा है लौक रहा है कहाँ है माइनस पाँच माइनस पाँच कहाँ है अगर मैंने कहा कि हमारे हाथ में शून्य रुपया है आपको कहीं दिखा रुपया शून्य हाथ में कहा है नहीं ना अगर मैंने कहा कि हमारे हाथ में एक पेन है तब आपको गिन गिनती आएगी आपको दिखेगा भी एक है तो आप समझ गए ना यानी वो संख्या जिसे हम गिन सकते हैं एक प्रकार से प्रजेंट कर सकते हैं किसी न किसी माध्यम से बाकी माइनस की संख्याएं या फिर शून्य को हम कहीं दिखा नहीं सकते कि ये शून्य वस्तु है ये शून्य फलाना चीज है ऐसे नहीं बता सकते हो ना देखो आप समझो आगे इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे देखो नेचुरल नंबर आर नॉन एच काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर नंबर आर काउंटिंग ने पॉजिटिव इंटीजर दैट कंटेंट पॉजिटिव इंटीजर देखो भैया ये इंटीजर जो है ना इसका मतलब है पूर्णांक ठीक है पॉजिटिव मतलब धनात्मक इनका ये मतलब है कि जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है एक काउंटिंग नंबर है मतलब गिनती वाली संख्या है गिनी जाने वाली संख्या है पॉजिटिव इंटीजर मतलब जिसमें धन पूर्णांक शामिल होते हैं या फिर जो धन पूर्णांकों को अपने में शामिल करती है तो चाहे तो इसको घुमा फिराए के चार लवर मिला के बोलो चाहे सीधा फीदा बोल दो तो गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है या फिर वह संख्या जिनको हम गिन सकते हैं वो प्रकृतिक संख्या कहलाती है ये तुमसे कहीं नहीं पूछा जाएगा बुढ़ा जाओगे की प्राकृतिक संख्या क्या है अगर आप कंपटीशन में आ गए हो अगर आप अभी भी बच्चे हो तो हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए हाँ आपसे लेकिन ये पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहा होती है, इसकी कहा होता है। तो भैया की शुरुआत कहा तक अनंत तक या इंफेनाइट का चिन्ह ऐसे लिखते है ना इन्फिनिटी स्पेलिंग सही है ना यह क्या है ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नहीं, तो नहीं रह गई फिर है ना कल्पनाओं की दुनिया में पहुंच जाओगे विकास हमारी शादी हो गई होती और हमारे बच्चे हमारे पास बैठ के पढ़ रहे होते कुछ लोग इस अजीब सा कमेंट करें अरे भाई जिनकी नहीं हुई मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। जो पहले से झेल रहे हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही होल मतलब पूर्ण संख्या अब ये होल का मतलब कुछ और समझ रहे लोग देखो यहाँ पे समझो Number. Number पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या होती है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए पूर्ण संख्या के बारे में ये बहुत ही आसान है यह प्रकृतिक संख्या का ही पड़ोसी है दोनों तो का घर आस पास में अगल बगल में बस थोड़ा सा अंतर है वो क्या है तो जो दूरी है वो जीरो की है इसकी सुन की है तो इसको देशी भाषा में अगर हम बोले तो प्रकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को भी अगर शामिल कर दें तो ये बनी संख्या क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं क्योंकि ये अधूरे अधूरे से हैं प्राकृतिक संख्या पूरी नहीं है ये आगे नहीं बढ़ पाओगे आसमान में उड़ोगे जमीन पर आ जाओगे है ना देखो समझने की कोशिश करो तो पूर्ण संख्या समझ में आई इंग्लिश में जो मैंने बताया नहीं हिंदी में बताया हूँ इंग्लिश में लिख लो Whole number are known as non-negative integer. Whole number are known as non-negative number. Non-negative मतलब समझ रहे हो कि नहीं अरे कहने का मतलब वही प्लस में है पॉजिटिव है बस होल नंबर में भी माइनस वाली संख्या नहीं आती है ठीक है एंड इट डज नॉट इंक्लूड इट डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शन और डेसीमल पार्ट मतलब कि पूर्ण संख्या में कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शन शामिल नहीं होता है अगर वन अपॉइन टू है तो कहो बच्चा का ये पूर्ण संख्या है नहीं नो। no. और फलाने कहता है कि इतना लिखा है जीरो दशमलव चार पांच ये पूर्ण संख्या है ये भी नहीं है सीधा सीधा कह रहा है कि होल नंबर आर नोन एज नॉन निगेटिव इंटीचर मिला करके अपने बसा लोचुरल सिर्फ सिर्फ बस। मिनट से ज्यादा नहीं अगर आप इसे यूट्यूब तो हाँ, अगर आपने इसे में लिया है तो आपको सीरियल से सारे मिल गए होंगे दूसरा चल जाएगा तुरंत आपको कहीं खोजना नहीं है और अगर आप सब्र बना के रखते हैं तो YouTube पे भी हमारी वीडियो आएंगी धीरे धीरे आती रहती है पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो अगला, इंटीजर। आप लिखो अगला क्या है इंटीजर अरे इसको देशी भाषा में पुणांक बोलते हैं वही पुड़ाक वही पुणांक जो बच्चे ले आते हैं तो कोई इंटरव्यू लेता है तो कहते हैं हम तो पापा को पास कराने को बोले पापा तो हमें टाप कराती समझ रहे हो ना बिहार के एक टॉपर अभी ऐसे ही हुए थे हाल ही में भाई कहो बिहार वाले घर आएंगे भती कर रहा मेरा लेकिन हकीकत है अपने देश की तो उनको टाप करा दी अब उनसे मीडिया वाले क्वेश्चन पूछने लगे लो बताओ कैसे लिखी थी तुम कहां आया था कहाँ से आया था तो बोली मैं तो पापा को पास कराने को बोली ठीक है तो टाप ही कराती हाँ ऐसे नहीं करना आप लोग पढ़े लिखे रहने चलो उड़ान क्या होता है सुन लो पहले इंग्लिश में फिर मैं बताऊंगा उसका हिंदी में सोच विचार के चलो सुनो इंटीजर आर द सेट ऑफ आल होल नंबर बट इट इंक्लूड आर नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर आल्सो ये दो तो स्टेप में थे तीसरे में पहुंच गए यानी कि जो होल नंबर होता है बच्चा जीरो से लेकर के ये आला फलाना वाला जो पढ़े हो ना भैया अरे ये फोर था ये इंटीजियर में भी सब होते हैं शामिल होते हैं सब लेकिन इनकी नियत थोड़ा और बड़ी हो जाती है ये सभी माइनस नंबर को भी शामिल कर लेते हैं अपने में ये माइनस का वन माइनस का टू माइनस का थ्री डॉट डॉट डॉट बात समझ में आई जबकि नेचुरल नंबर में और जो होल नंबर था उसमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं थी लेकिन पुणांग की बात करें तो ये सबको आपस में समेट लेते समझ गए ना यानी सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूड़ांग कहते हैं हमारे समझ से तो यही हुआ इंग्लिश वाले सुन ले इंटीजियर आर द सेट ऑफ आल होल नंबर से मतलब एक समुच्चय, एक समूह समझ लो ठीक है बट इट इंक्ल्यूडेटिव सेल्सो आगे लिखो जेड रिप्रेजेंट इंटीजियर एंड द सेट ऑफ इंटीजियर आर जेड इक्वल देखो कुल मिला कहने का यह मतलब है भैया इनको जो हम प्रदर्शित कर सकते हैं जेड से Z क्या है इंटीजर पुरांग का सिंबल है नेचुरल नंबर का जो सिंबल है वो यन है याद रखना लिख फटाफट कहीं अगर लिखना तुम योगे लिख तीन पढ़ाया तीनों का ये है, अलग अलग जिंदगी में मौके लगाने के लिए साथियों ये रियल नंबर आखिर होता क्या है देखिये जरा सुनिए एक मिनट के लिए वो नंबर रियल नंबर कहलाता है जितने भी नंबर आप जानते हो बस उसमें से आपको एक नंबर छोड़ देना है वो है इमेजिनरी नंबर अगर आपने सुखा है सुना है कहीं काल्पनिक संख्या ऐसे सुन लो इंग्लिश में नंबर मतलब कि वो सभी संख्याएं जैसे कोई नंबर प्लस है या कोई नंबर माइनस है या कोई नंबर फ्रैक्शन है मतलब या कोई नंबर डेसिमल में है ये सभी क्या है सभी आपकी ये रियल नंबर क्या है भैया ये रियल नंबर है बाबू किसी भी प्रकार की संख्याएं सब रियल नंबर हैं लेकिन इसमें है कि आपको काल्पनिक संख्या को छोड़ देना है वो रियल नंबर नहीं है वास्तविक संख्या नहीं है काल्पनिक संख्या क्या है इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो फिलहाल एक वीडियो में बतानी पड़ेगी अलग से क्योंकि काफी लंबी कहानी है शॉर्टकट में ऐसे समझ लो कि वो संख्या जो आई स्क्वायर इक्वल माइनस या फिर आई इक्वल के रूप की होती है वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती का हैं। अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो आप कमेंट करना ढेर सारा और आपको इसका अलग से तो समझ गए क्या होती है पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजियर फ्रैक्शन एंडमल नंबर विदाउट इमेजनरी नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर यानी कि वह सभी वह सभी कौन कौन सी घनात्मक संख्याएं भिन्नात्मक संख्याएं और दशमलो संख्याएं संख्याए कहलाती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें का संख्या शामिल नहीं है बस ये हो गया इसमें कोई भी संख्या ले लो आप मैंने बताया सिंपल वाले नंबर हो गया माइनस वाले हो गया फ्रैक्शन वाले हो गया डेसिमल वाले हो गया ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल नंबर इसके आगे बात करते हैं रियल से ही याद आता है रेफनल नंबर देखिये साथियों रेफरल नंबर की कहानी आप बहुत दिन से सीखते आए लेकिन अभी तक आप काफी कन्फ्यूजन में होना क्योंकि ये नाम ही ऐसा है नंबर देखिए प्राकृतिक संख्या की क्या कहानी है यहां पे आप ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो भाई ये प्राकृतिक संख्या क्या है प्राकृतिक तो पढ़ लियो यार क्या है लिखाऊ ना नंबर हिंदी में लिख लो परमेय संख्या क्यों परमीय संख्या परमीय संख्या आखिर क्या होती है देखिए इसकी अलग अलग परिभाषा होती है अलग अलग जानकारी के अकॉर्डिंग संख्या इसको सिंपल संख्याए कहलाती है, है बट क्यू ड नॉट इक्वल जीरो ये याद रहे जबकि पी क्या है पी जीरो हो सकता है इतना याद रखना बस इसमें जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एनी नंबर That that that can can be be written written as a ratio of of one number number. number number. over another number. This means that any number that can be written in the The the form p upon q. The symbol q symbol represent rational परमीय संख्याएं को कहीं दर्शाना है तो उसे capital Q से लिखते हैं याद रखना ठीक है Capital Q का मतलब rational number. इसके अलावा जो महीने अभी रियल नंबर आपको पढ़ाया भैया रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इससे कैपिटल आर से रियल नंबर को लिखा जाता है आप लोग इसे लिख लेना क्यू मतलब, मतलब से लिखा जाता है वही अगर बात करें अपरमीय संख्या की तो अपरमी संख्या का सिंबल पी होता है इसेफनल नंबर माना जाता है सिंबल जान रहे हो ना याद रखना हर किसी का सिंबल याद रखना तो कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं देखिए परमिया अपरमे में अगर अंतर न बताया जाए तो आपको समझ में ऐसे आसानी से नहीं आने वाला है आ, क्योंकि इनकी गणित बड़ी उलझी सी है तो भैया इधर देखो बाबू समझने की कोशिश करो और हाँ क्लास को पूरा देखना बीच में स्किप नहीं करना मजा बहुत आएगी समझ में भी आएगा लेकिन पूरा देखना तब ऐसे आधा अधूरा नहीं देखो ये रेफनल नंबर है ये क्या है ई नंबर है अभी तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये और ये ठीक है मैंने कहा कि जो पी के रूप का होगा वो संख्या होगा। यानी कहने का मतलब जैसे हो गया, ये संख्या हो गया जीरो बटा पांच हो गया ये क्या है परमीय संख्या हो गया क्योंकि ये पी अपान क्यू के रूप का है लेकिन बचवा अगर हम ऐसे बोले तुम ऐसे लिख दो नौ बटा जीरो डज नॉट इक्वल पी अपान कुछ लोग कहेंगे है तो ये पी एफ आन क्यू के बराबर देखो बच्चा इसमें क्या एक्चुअली ना जब इसको हम हल करेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा अनंत इसका कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं आएगी और फिर ये पी एफ आन क्यू के बराबर नहीं रह जाएगी इसलिए यहाँ पे कंडीशन होती है कि पी एफ आन क्यू के रूप का तो होना चाहिए लेकिन उसमें क्यू डाज नॉट इक्वल जीरो यानी हर जो है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए अगर यहाँ पे हर शून्य नहीं है तो ये परमीय संख्या है ये पी एफ का फॉर्म है सही है लेकिन यहाँ पे हर जीरो हो जा रहा है ये गलत है मतलब हर नीचे का गिनती जो है ये सुन्य नहीं होनी चाहिए एक बात और समझ लो जैसे मान लो इसी में मैंने लिखा तीन बटा तो ये क्या है पीएफन क्यू के फार्म का है आप सभी कमेंट करके बताओ फटाफट क्या ये पीएफन क्यू के फार्म का है या नहीं है जल्दी बताओ देखो बच्चा ये रियल नंबर तो फिलहाल नहीं बात कर रहे हैं हम रेफनल की बात कर रहे हैं ये रेफनल नंबर नहीं है देखो कैसे नहीं है क्यों नहीं है आप यहां से समझ लो फिर बताना अगर कोई टेंशन होगी तो एक्चुअली जो रूट थ्री है उसका एक कम्प्लीट एक पूर्ण संख्या एक प्रकार से बात करें तो नहीं निकलेगा तो ये क्या है ये नहीं है लेकिन अगर हम अंडर रूट नाइन अपान सेवन लिखे होते तो ये था यह परमेय संख्या था इसलिए क्योंकि इसका वर्गमूल नौ का तीन हो जाता और ये तीन बट्टा बन जाता जो कि क्या था एक रेफरल नंबर था एक परमीय संख्या थी तो अगर इस तरह से कहीं लिखा है अंडरवु तीन बटा सात तो ये क्या है अपरमी संख्या है अगर पांच बटा जीरो लिखा है तो क्या ये यह संख्या ये संख्या नहीं है समझ रहे हो ना अगर कहीं भी ऐसे नंबर लिखा वन अपान ये वन हंड्रेड इसका मतलब है एट अपान टेन एट मतलब आप जान रहे हो यह क्या है एक नंबर है लेकिन बच्चा अगर कहीं ऐसे लिखा है पैंतीस अपान और ये अंडर रूट में है तो ये एक रेफनल नंबर नहीं है ये परम यह संख्या नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकलेगा अंडर वन जीरो का फिर मामला जाएगा। समझ ना? तो ये आपने सीख लिया रेफनल और इेफनल नंबर इसमें किसी को कोई समस्या है तो बता देना बिल्कुल भी आप लोग पेंशन नहीं लेना ठीक है लिख लीजिए फटाफट नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना हम और भी बताएंगे बहुत सारे नंबर बताएंगे ठीक है देखो बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन हमें करने पड़ते हैं और वो ऐसे दिए होते हैं कि उनमें हमें डायरेक्ट नहीं समझ में आता कि वो रेफनल है कि इरेफनल है तो जब तक उसका हम कोई एक निश्चित सोलूशन नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो रेफनल है कि इरेफनल है जैसे दैनिक जीवन में बहुत सारे कांड हो जाते हैं घटनाएं हो जाती है तो सरकार कहती है उनकी जाँच होगी जाँच के बाद परिणाम भगवान जाने का होता है वो तो बात की बात है हम यहाँ पे करते हैं पहले जाँच जैसे ये अंडर रूट तीन बटा सात लिखा है बच्चा और यहाँ पे लिखा है बगुआ नो बटा अंडर रूट तीन अब कहोगे इसका जो हल आएगा वो नंबर होगा कि नंबर आप सभी जरा सोचो और बताओ आप कहोगे कि अभी तो आपने तुरंत ही बताया था कि ये क्या है इस तरह की जो संख्याएं हैं वो रेफरल नंबर नहीं होंगी हताया था कि वो रेफरल नंबर नहीं होंगी क्योंकि वो कैसे है क्योंकि वहाँ पे अंडर है ुड तीन का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है नहीं लेकिन बच्चा देखो समझो ऐसा नहीं है इनको जब हम सिंपलीफाई हल करेंगे तो हमें पता है एक नीचे एक ऊपर कट जाएगा नौ बटा सात आएगा जो कि क्या है एक रैशनल नंबर कितना आसान है ना लेकिन हाँ एक बात और याद रखना अपने दिमाग में तो दिमाग में भर के रखना अगर ये अंडरवुड तीन बटा सात और बचवा ये प्लस होता ये प्लस होता बबुआ तब आप इसको काट नहीं सकते याद रखना अगर बीच में प्लस या माइनस है तो फिर नहीं काट सकते हो अब ऐसे ऐसे खच्चे खच्च वाला फिर ये गड़बड़ हो जाएगा समझ गए ना ये क्या रेफरल नंबर है ये रेफरल नंबर नहीं है ये नहीं है क्यों नहीं है तिरछा गुड़ा मुड़ा करो ये कभी जल्दी से हल होगा ही नहीं आसानी से और एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी रेफरल नंबर नहीं है तो इस वीडियो में बस इतना ही ज्यादा वीडियो बड़ी करते हैं आप लोग पूरा देखते नहीं हो भाग जाते हो मुझे पता है कि कुछ बच्चे चाहते हैं बड़ा हो क्लास लेकिन अधिकांश न पढ़ना नहीं चाहते तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपसे है। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा से शेयर करो, खूब बच्चे देखें जितने ज्यादा बच्चे आएंगे फिर हम इस क्लास को दो दो घंटे चलाएंगे तीन तीन घंटे लेकिन वीडियो खूब शेयर होना चाहिए लाइक होना चाहिए और सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें तो पूरी क्लास देखने के लिए आपको हर बार की तरह प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद मिलते फिर अगली क्लास में